नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल में 12 मिनट में 12 राशियों का हाल कैसा रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि तक का आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कौन सा ऐसा प्रयोग करें आज के दिन का शुभ हुआ अशुभ मुहूर्त आज का पंचांग क्या कहता है इन सभी विषयों के साथ हाजिर हूँ मैं ज्योतिर्विदासिश पांडे लखनऊ से दिनांक उन्तीस अगस्त का दैनिक राशिफल लेकर के विक्रम संबद्ध दो हजार छिहत्तर सब्बत दक्षिणायन चल रहा है भादो मास है कृष्ण पक्ष है और जो आज कृष्ण पक्ष की तिथि रहेगी दर्शकों चतुर्दशी तिथि रहेगी उन्नीस बजकर सत्तावन मिनट तक की तद उपरांत अमावस्या तिथि लग जाएगी नक्षत्र जो रहेगा ये रहेगा आश्वलेशा इसके उपरांत मघा नक्षत्र रहेगा योग रहेगा परिधि इसके उपरांत शिव योग रहेगा करण की बात कर लेते हैं तो करण आज रहेगा विष्टीकरण इसके उपरांत शक्नीकरण और अंतिम में चतुष्पात करण रहेगा चंद्रदेव जो रहेंगे ये रात्रि आठ बजकर बारह मिनट तक तो स्वराशि अर्थात कर्क राशि तद तो उपरांत सिंह राशि में चलायमान हो जाएंगे सूर्योदय सूर्यास्त की बात कर लेते हैं क्योंकि पंचांग लखनऊ को मानक मान करके बनाया गया है तो सूर्योदय होगा पांच बजकर अड़तालीस मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर छब्बीस मिनट पर राहु काल की बात करते हैं एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान शुभ कार्यों को नहीं करना है तो जो गुरुवार का राहु काल होता है एक बजकर बयालीस मिनट से तीन बजकर सत्रह मिनट तक दोपहर राहु काल रहेगा इस दौरान आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है शुभ कार्यों को यदि करना है तो अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए ग्यारह मिनट से बारह मिनट तक की रहेगा शाम को अमृतकाल है छह मिनट तक छे बजकर सैतालीस मिनट से आठ बजकर बारह मिनट तक की अमृत काल रहेगा इसमें आप शुभ कार्यो को कर सकते हैं विजय मुहूर्त में आप कार्य कर सकते हैं दोपहर दो, दो बजकर चौदह मिनट से तीन बजकर चार मिनट तक की रहेगी और जो गोधूली भेला रहेगी गोधूली मुहूर्त रहेगा ये रहेगा शाम छः बजकर चौदह मिनट से छः बजकर अड़तीस मिनट तक की इतने हमने आपको मुहूर्त बता दिए हैं कि अब आपका मन बिल्कुल भी संकोच ना करे जो भी आपने कार्यों को उठाना हो इन मुहूर्त में यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए कि बड़ा आनंद आपको आएगा और आपके सभी कार्य जो रहेंगे ये आज होंगे अग्निवास जो रहेगा पृथ्वी पर रहेगा तो जिन किसी को आज हवन वगैरह करना हो तो आप लोग हवन कर सकते हैं दर्शकों चतुर्दशी तिथि रहेगी चतुर्दशी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि शहद का सेवन नहीं करना चाहिए शहद का दान करना शहद का सेवन करना दोनों की मनाही होती है और अमावस्या तिथि को मैथुन त्याज्य होता है तो किसी भी प्रकार जो है इन सब चीज़ों से आपको बचना रहेगा दर्शकों दिशा सूल पे आते हैं पंचांग की बात करें और दिशा की बात यदि ना करें तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि गुरुवार दिन रहेगा तो दक्षिण दिशा की ओर का दिशा होता है लेकिन यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो प्रिय दर्शकों आप लोग केसर का सेवन और दही का सेवन करके आप लोग यात्रा कर सकते हैं इसमें कोई आपको दोष नहीं लगेगा चलिए दर्शकों प्रारंभ करते हैं अपनी पहली राशि मेष राशि से लेकिन दर्शकों उम्मीद करते हैं कि वार्षिक राशिफल लगभग हमने डाल दिया है जो दो चार राशियों का बचा हुआ है वो भी एक दो दिन में पड़ जाएगा तो आप सभी लोग वार्षिक वार्षिक राशिफल का लुफ्त जरूर ले रहे होंगे मेष राशि के जातकों आज आपका दिन घूमने फिरने में अधिक बीतेगा परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं दूर ट्रिप पर जा सकते हैं आज नौकरी के नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे जी हाँ आज कोई नई नौकरी नया व्यापार आप कर सकते हैं आज प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लेन देन आप कर सकते हैं आपको जो है आज किसी जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट वगैरह भी आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे अचानक से धन लाभ होने की उम्मीद मेष राशि के जातकों के लिए बन रही है पैसों की स्थिति में बड़े बदलाव होने की संभावना है आपके काम से आज आपके जीवन साथी बड़े प्रसन्न रहेंगे शाम तक की कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा सोसाइटी के लोगों के बीच आज आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे माता पिता का यदि आज आप चरण छू कर आशीर्वाद लेते हैं तो आज आपके ऊपर एक कवच का काम करेगा। दूसरा आज प्रयास करिएगा कि ओम नमो भगवते इस मंत्र का 108 बार जाप करके तब घर से निकलिएगा। शुभ शुभ कलर आपके आपके लिए रहेगा येलो, पीला रंग, अंक रहेगी। की बढ़ते हैं, तो के आज आप लोगों को अपनी योजनाओं को जो है बनाने के बाद दूसरों की राय लेने में सफल होते हुए नजर आएंगे आज आपको सबका साथ सबका विकास होने वाला है और पूरा पूरा सहयोग मिलेगा ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देख करके खुश होंगे लव लवमेट के लिए आज आपका दिन अनुकूल रहेगा किस्मत का पूर्ण साथ आज आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा माता पिता आज आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव और बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं जिससे आज, आज आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा खास करके जो वृषभ राशि के जातक हैं और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं तो इनका आज का दिन बड़ा फेवरेबल रहेगा आज किसी नई तकनीक को सीखने की कोशिश करेंगे मंदिर में आपको जो है आज फल फलों का दान करना रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि आज केसर का सेवन आप लोग जरूर करिए किस्मत का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ आपके लिए आज उत्तर दिशा ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि भाग्य के प्रति किस्मत का साथ उत्तर दिशा में यदि आप जाते हैं कोई कार्य करते हैं तो मिलेगा मिथुन राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो मिथुन राशि के जातकों आज आपके सोचे हुए कार्य होते हुए नजर आएंगे आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी आज आप दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल व्यतीत करते हुए नजर आएंगे अचानक कहीं बाहर जाने के योग बन रहे हैं जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके कार्यो की आज प्रशंसा होती हुई नजर आएगी आज आपको किसी खास व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है आज शिवलिंग पर आपको जल में हल्दी डाल करके करना रहेगा आमदनी में बढ़ोतरी होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन आपके लिए जो दिशा शुभ रहेगी ये पूर्व और उत्तर अर्थात नॉर्थ ईस्ट ईशान को आपके लिए बेस्ट रहेगा इस डायरेक्शन में यदि आप कोई कार्य करते हैं आपके कार्य सफल होंगे कर्क राशि चूँकि चंद्रदेव आप ही की राशि में अपनी राशि में ही चलाएमान है तो कर्क राशि के जात को आज आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे आपके कुछ कामों में अधिक समय आज कुछ लगेगा जिससे आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ेगी पैसों को भी लेकर के आज आपको कुछ चिंता हो सकती है ऑफिस में आज आपको कुछ लोगों की मदद मिलने की संभावना है आज वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी रहेगी अधिक स्पीड में आपको गाड़ी चलाने से बचना रहेगा और आज जीवन साथी के साथ कुछ टकराव हो, हो सकती है बात विवाद हो सकती है बच्चों को आज आप कुछ गिफ्ट करिए खासकर करके जो कन्या है छोटी कन्या हैं इनको कुछ मीठा आप लोग दीजिए तो आपकी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगे शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा आज सेफ्रॉन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन आपके लिए जो दिशा रहेगी पश्चिम दिशा ज्यादा अनुकूल रहेगी सिंह राशि के जातको आज आपका मन बहुत शांत रहेगा शांत मन से यदि आज आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही पूर्ण होगा पैसों से जुड़े जो है कोई बड़े फैसले आज आप सोच समझ कर लीजिएगा परिवार में किसी बात पर तनाव हो सकता है बेहतर होगा कि किसी भी चीज के बारे में बहुत ज़्यादा विचार ना करिए खर्च आज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा घर वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं विदेश यात्राओं के योग हैं कोर्ट के मामले में आज अनुभवी व्यक्ति की सलाह लीजिएगा हालाँकि कोर्ट से रिलेटेड कोई फैसला आता है तो आपके पक्ष में आएगा आज का दिन कुल मिलाकर के अच्छा बीतेगा मेहनत का फल आपको मिलेगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज आप करिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन पूर्व दिशा आपके लिए सबसे अच्छी दिशा आज के लिए रहेगी कन्या राशि वर्जों की जो चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा घर के किसी कार्य को पूर्ण करने में बड़े बुजुर्गों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी आज लम के लिए बढ़िया दिन रहने वाला है थोड़ी सी मेहनत से किसी बड़े धन का जो है लाभ आज प्राप्त करते हुए नजर आएंगे नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज किसी कंपनी में जॉब मिल सकती है महिलाएं अगर कोई घरेलू उद्योग शुरू करना चाहती है तो उन्हें परिवार का सहयोग लेकर के आप लोग कर सकती हैं आज करना क्या रहेगा तो किसी ब्राह्मण के पैर छो करके आपको आशीर्वाद लेने रहेंगे और यदि हो सके तो धर्म स्थान पर यज्ञोपवित्र का आज आपको जो है दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच आपके लिए आज उत्तर और पूर्व अर्थात नॉर्थ और ईस्ट ज़्यादा विस्तृत रहेगा तुला राशि की ओर चलते हैं तो तुला राशि के जातकों आज घर पर अचानक से कई रिश्तेदार आ सकते हैं नए मेहमान आ सकते हैं घर के माहौल में आज ज्यादा चहल पहल रहेगी आज, आज आपको किसी तरीके से विवाद से बचना चाहिए किसी से बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा इस राशि के इंजीनियर अर्थात तुला राशि के जो जातक हैं इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनको आज फायदे का सौदा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आज आपके कार्यो में सफलता मिलेगी मेहनत आज आप ज़्यादा करेंगे बच्चों की सफलता पर आज आपको गर्व होगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन भगवान विष्णु को जो है आप पीले वस्त्र चढ़ाए लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के ये आप कार्य कर सकते हैं और चने की दाल का दान आपको धर्म स्थान पर देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार आज आपके लिए दक्षिण पूर्व दिशा ज्यादा प्रभावकारी और शुभ रहेगी चलिए हम चलते हैं वृश्चिक राशि पर हमारी अगली राशि आती है तो वृश्चिक राशि के जातकों आज आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स को टीचर्स का अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय में आज वृश्चिक राशि के कुछ जो जातक हैं इनकी महत्वाकांक्षाएं तो है। बढ़ेगी लवमीट के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है आज कोई नई जिम्मेदारी आपको ऑफिस में मिलती हुई नजर आएगी इंटरव्यू में यदि आप जा रहे हैं तो आप सफल होते हुए नजर आएंगे धार्मिक कार्यो में वृश्चिक राशि के जातक आज रुचि लेते हुए नजर आएंगे किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने का आपको मौका मिल सकता है आज पक्षियों को आपको दाना डालना रहेगा सूर्यदेव को अर्घ देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला रंग आज आपके लिए उत्तर दिशा सबसे ज्यादा लाभकारी दिशा रहेगी इस दिशा की ओर यदि आज आप कोई कार्य करते हैं तो आपके कार्य पूर्ण होंगे सैजिटेरियन धनुराशि के जात को तो परिवार में कोई नई जिम्मेदारी निभाने का आज का दिन इंडिकेट करके आया है आज साथ काम करने वाले लोगों से आपको पूर्ण मदद मिलेगी आज आपके कार्यों कि जो प्लानिंग रहेगी उच्चाधिकारियों को प्रसन्न होगी व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढ़िया है साथ ही आज का दिन कम मेहनत में ज्यादा फल दिलाने वाला रहेगा ऑफिस में हुए रुके हुए कार्य आज आसानी से आप निपटा लेंगे सीनियर्स आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे एक नारियल आपको धर्म स्थान पर मंदिर में देना है जिससे आपकी जो है ए, किस्मत को चार चांद लगेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ शुभ दिशा जो आपकी रहेगी ये पश्चिम दिशा आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगी आज के दिन मकर राशि की ओर चलते हैं तो मकर राशि के जातकों आज आपका ज्यादातर समय परिवार के साथ व्यतीत होगा आज आपके लिए कोई फैसला करना कठिन हो सकता है आपका पैसा आज कहीं रुक सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे ऑफिस में आज कार्य का बोझ थोड़ा सा ज्यादा रहेगा किसी काम में अनुमान से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी आज आपको उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो आपको गलत राह पर ले जाने की सलाह दे रहे हैं मांस मजिरा और धूमपान से आज, आज आपको बचना चाहिए आज गाय को यदि आप रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी उसमें चने की दाल डाल करके और गुड़ डाल करके खिलाइएगा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी ब्राउन कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा और और आज आपके लिए दक्षिण दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ रहेगी और जो हमने दिशा सूल का प्रयोग बताया उसको जरूर करिएगा कुंभ राशि की ओर चलते हैं क्वाइट की ओर चलते हैं तो बच्चों को कोई शुभ समाचार आज आपके जो है तरफ से प्राप्त होती हुई नजर आएगी सेहत के मामले में आज खुद को आप स्वस्थ महसूस करेंगे आज आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा रचनात्मक कार्यों में समाज में आपकी चर्चा होगी आपको प्रसिद्धि मिलेगी आपके मन में कोई इच्छा जरूर रहेगी और जो आज पूर्ण होगी आज आपको आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कोई नया कदम उठाते हुए नजर आएंगे जिसमें आज आप सफल होते हुए नजर आएंगे आपकी सकारात्मक सोच आपको लाभ दिलाएगी मंदिर की साफ सफाई में अपना आपको सहयोग देना रहेगा धर्म की साफ सफाई करिए और कोशिश कीजिए कि आज विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए। चलते हैं लेकिन दर्शकों नए हैं पुराने है, जो भी है अगर इस चैनल पर आप बने हुए हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब और बेल आईकन नहीं दबाया है घंटी होती है उसको बोलते हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बनी घंटी को प्रेस करिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचे। फेसबुक पेज पर यदि आप देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए चलिए दर्शकों मीन राशि की ओर बढ़ते हैं तो मीन राशि के जातकों आज आप ऑफिस में बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे आपको किसी भी समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है मेहनत से आज आपको काम में सफलता मिल सकती है आज यदि आप महिला हैं और स्टूडेंट हैं तो कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होती हुई नजर आएगी आज आपको अपने काम के लिए बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा बिना किसी अड़चन से सरकारी कामों को आज आप आसानी से निपटा सकते हैं आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे दोस्तों की सलाह आज आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आप तुलसी के पौधे में आपको जो है जल अर्पण करना रहेगा और शाम को एक देशी घी का दीपक जलाना रहेगा ओम नमो नारायण मंत्र का एक बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा सात नॉर्थ ईस्ट जी हां पूर्व और उत्तर का कोना को लड़की रहेगा इस दिशा में होंगे तो, तो दर्शकों हमारा ये राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को जमकर व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत और उम्मीद करते हैं कि वार्षिक राशिफल का आप लोग लुत्फ जरूर उठा रहे हैं ऊपर आई कार्ड पर भी आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार